अपना सहारा नाइन टू डे न्यूज चैनल बिना इक्कीस 20 दिसम्बर दो को उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के वार्ड संख्या अड़सठ में आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें आम आदमी पार्क टीकी प्रदेश महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष नरगिस खान मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद सेफी जिला महासचिव शिव राय पूर्व जिला अध्यक्ष जावेदी प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गुरिया खान महिला विंग की महानगर अध्यक्ष रीता पाल महिला विंग की जिला अध्यक्ष ममता गुप्ता व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दारा अली के साथ साथ बहुत से वार्डों के संभावित प्रत्याशी भी भारी संख्या में सम्मिलित रहे मीटिंग में भारी संख्या में वार्ड के सभी लोग मौजूद रहे मीटिंग में मोहम्मद युनुस के समर्थन में भारी भीड़ नजर आई कार्यक्रम में मोहम्मद युनुस के समर्थकों ने काफी मेहनत करके प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया रामपुर से पप्पू अंसारी यूसुफ मालिक वार्ड अध्यक्ष साकिब, जाहिद अली अंसारी नाविद खान आसिफ अजीम भाई मोहम्मद हाशिम अतीका शरफी रशीद अली सैफी रफ़ी उबैद मलिक सईद सर शुैब आदि मौजूद रहे जिन्होंने इस सभा को अपना कीमती वक्त देकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया मुरादाबाद ऐसी एम सरताज के साथ हजीम की रिपोर्ट मेरा नाम मोहम्मद यूनुस मलिक वार्ड अड़सठ से संभावित प्रचार पाठसठ प्रचार हम किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड के अंदर चुनाव में उतरे हैं क्या मुद्दे आपके होंगे हमारे मुद्दे पहले ये होंगे जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता पहले होगी और सभी तरह के जो ऑनलाइन वर्ग हैं वो फ्री कर दिए हैं है हमने बीसी है हमारे पास बैंक ऑफ की खाते हम फ्री खोलते हैं चार साढ़े चार सौ खाते लम सब हम खोल चुके हैं ये खाते जो आप खोल रहे हैं पार्टी की तरफ से खोल जा रहे हैं आप अपने भाई आम आदमी पार्टी में जो आपके पास प्रॉपर्टी भी है तो वो भी लुटा दो तो तो कमी थोड़ी हो जाएगी पार्टी को ऊपर को उठाना हमें हमें गिराना नहीं है पार्टी पार्टी का नाम नहीं गिराना हमें उठाना है हमारे पास है इसके अंदर करना क्या है ये अपना है हमारा हमने करके दिया उसको फ्री कर दिया है जी जी जो ऑनलाइन भर के आया जाती निवास जितने भी तरह के ये स्कॉलरशिप के फॉर्म सब फ्री कर दिए हम जी तो आज ये आपके यहाँ मीटिंग का कार्यक्रम किया गया था कहाँ कहाँ कहाँ से कौन कौन आपके साथ ये हमारी मैडम नर्गीश खान जी, जी आई हैं और ये जी लजी हमारे सरप्रस्त सबसे पहले पार्टी में जोड़ने वाले हमारे ये नौ महीने से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जी हर जगह हर रेडियो में हमारे साथ चले हैं जी और ये राय बैठे हैं खड़े हैं उसके बाद और हमारे सेठी साहब और बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं जो भाई मैं उस समय बचाऊँ जी और राजनीति भी बहुत बड़ी है मेरी इनके सामने तो अध्यक्ष जी इनके वार्ड के लोगों से के आप क्या कहना चाहेंगे? चाहूँगा वार्ड के लोगों से देखिए अभी हमारे यूनुस भाई संभावित प्रत्याशी हैं और मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे को देखते हुए इस बात से संभावित प्रत्याशी हमारे यूनिष भाई के लिए सपोर्ट करें वोट करें झाड़ू पर इसके लिए एक बहुत ईमानदार तो कार्यकर्ता है मैं उनकी दिल से सराहना करती हूँ ईमानदारी की क्योंकि आम आदमी पार्टी समाज से भी लोगों को जोड़ती है और कुछ जज्बा इनके अंदर है कुछ कर दिखाने का लोगों के प्रति और इनके जज्बातों की पार्टी भी कदर करती है और हम भी कदर करते हैं और इनशाला सर्वे कराया जाएगा इनके वार्ड में बहुत जल्दी और पूरे दमखम के साथ अगर आम आदमी पार्टी यूनुस भाई को टिकट देती तो हम लोग पूरे दमखम के साथ यूनुस भाई को लड़ेंगे और इनके वार्ड में हम लोगों से यही मतलब अपील कर रहे हैं कि यूनुस भाई ईमानदार इंसान है जो अपने पास से लोगों के काम करके दे रहे हैं सोचे कल आज वो ताकत में नहीं है कल वो ताकत में आ गए अगर वो वार्ड के सभा बन गए बन गए तो लोगों के लिए क्या नहीं कर सकते तो इसीलिए लोग बहुत सोच समझ के अपना वोट दें है उनका और यूनित भाई को अपना समर्थन है और उनको चुनकर सभासद और देख कर टिकट दिया जाएगा कोई पैसे वाला कोई गरीब और अमीर के फर्क नहीं है पार्टी में। पार्टी के लिए सब ईमानदार है। लोग हैं सबका मान सम्मान रखा जाता है आप लोग बहुत देख, देख कर चुनाव करिए अगर देखिए आपके वार्ड में कोई ईमानदारी से काम कर रहा है अगर ताकत में न रहकर भी काम कर रहा है तो आप उसका साथ दीजिए सोचिए कल को कुर्सी पे आ जाएगा तो वो आप क्या नहीं कर सकता है आप उसकी ईमानदारी को देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो आपको सामने वाला अधिकारी आपको सम्मान की नजरों से देखेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के नीचे बेहतर के नीचे हर एक इंसान अपने आप को खबर महसूस करता है मैं अपने आपको एक खबर महसूस करती हूँ की मैं आम आदमी पार्टी की एक कार्य करता हूँ बहुत ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी एक बार ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे फिर देखिए यहाँ पर भी बदलाव आएगा जितने भी चेयरमैन और जितने भी मेयर होते हैं ये सब एक नील होते हैं चुनाव की ये मत सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो हम इनके प्रत्याशी को चुनकर क्या करेंगे ऐसा मत सोचिए क्योंकि आप